आजादी के बाद श्रीलंका और भारत के रिश्ते ऐसे थे जैसे अभी अमेरिका और कनाडा के हैं पर बीच में ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका भारत से दूर जाता गया और चाइना के पास आता गया देखिए बात है 1983 की जब श्रीलंका में एक लिट्टे नामक संगठन तैयार हुआ और यह श्रीलंका के ऊपरी हिस्से को श्रीलंका से अलग कराके एक नया देश बनाना चाहता था जिसमें कहीं ना कहीं भारत भी उसका सपोर्ट देता था क्योंकि आज भी तमिलनाडु के कुछ लोगों का श्रीलंकाई सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है जिसके कारण श्रीलंकाई सरकार भारत को आरोप लगाती थी और भारत से दूरी बनाए रखती थी जब राजीव गांधी की सरकार आई तो इन्होंने यह संगठन को सीधे रूप से बैन कर दिया जिसके कारण लिप्टे संगठन द्वारा ही राजीव गांधी का कत्ल कर दिया गया पर श्रीलंका और भारत की रिश्ते में पहले जैसी मजबूती नहीं आ पाई और अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने फ्री गेहूं और कोवैक्सीन भेज करके श्रीलंका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है पर श्रीलंका भारत और चाइना के बीच उसी तरह का कॉम्बिनेशन बना करके चल रहा है जिस प्रकार से भारत रूस और अमेरिका के बीच बना करके चल रहा है